लंगर के लिए लाइन में लगी है लंगर के लिए लाइन में लगी है लंगर अपन खाएगा तुम भूखो मैंने कहा था ये फकीरों की लड़ाई है